आखिर क्यों भूतों के देवता भगवान शिव को माना जाता है और क्यों उन्हें भूतनाथ कहा जाता है बहुत ही कमाल की बात बताएंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले आपको बता दें कि भूतनाथ कहने का राज राज्य है कि इंसानों के साथ साथ यहाँ भूत पिशाज दानव व राक्षस के भी देवता है और मरे हुए लोगों के भस्म से ही उनकी भस्म की जाती है क्योंकि वे वैराग्य है इसलिए उन्हें भूतनाथ कहा जाता है और वहाँ भूतों के देवता इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वे भूतनाथ हैं लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगली वीडियो में।